हाँ दोस्तों आज सीखेंगे कि रेडियशन प्रॉब्लम कैसे ठीक करें और उनके कारण इसका कारण होता है हमारा सी पी से पहले स्टार्ट हो जाता है इसलिए होते हैं ये मोनिटर अगर चालू नहीं हुआ इस कारणवश तो इसमें प्रॉब्लम आता है हम वही प्रैक्टिकल करके देखेंगे आप देख सकते चालू है और इसको हम करेंगे शटडाउन हो रहा है उसके बाद क्या करना है मैं देखता हूं पूरे बंद होने के बाद अब इसको स्टार्ट करेंगे इससे पहले कुछ करेंगे ये वाला केवल है मॉनिटर का मोनिटर का केबल निकाल देते हैं अब क्या करेंगे पीसी करें। पीसी स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। हो रहा है, लेकिन मॉनिटर स्टार्ट नहीं हुआ केवल निकाल दिया प्रॉब्लम अब आएगा पीसी स्टार्ट होने के बाद इसको चालू करेंगे अपन इस मॉनिटर को चालू करेंगे अपना पीसी चालू हो चुका है आवाज ही होगी के बाद अपन इसका टेबल लगा देते हैं ये चालू हो चुका है और इसमें आया है रेलिएशन प्रॉब्लम ये ये आया है ये ऐसा पूरा लिस्ट आएगा लिस्ट आया मतलब ये रेगेशन प्रॉब्लम है अपन को इसको ही ठीक करना है तो हम इसको ठीक करने के लिए फिर से डाउन करेंगे अब क्या करेंगे इसको सी को और मॉनिटर को एक साथ स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं अब वो प्रॉब्लम ठीक हो चुका है रेजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने अब मेरा रिकमेंडेड आएगा ऊपर में रिकमेंडेड करके आ जाएगा ये ऐसा आएगा रिकमेंडेड में ये है आपको पता चल गया होगा का किस कारण से आता है ये